हाय फ्रेंड्स हाव यू आज हम बात करेंगे पे गोल्ड की पे से आप गोल्ड कैसे खरीद सकते हो वो भी 24 कैरेट गोल्ड वो भी एक रुपये में पेटीएम वालों ने बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला है आपकी सेविंग भी हो सकती है बस सिंपली सेविंग भी हो सकती है क्या करना है डिजिटल गोल्ड पे जाना है यहाँ आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे देखो गोल्ड वैल्यू मेरी है अभी जो मैंने गोल्ड खरीदा है 163.05 रुपीस का मेरे पास गोल्ड है मतलब एक... 163 रुपीस का ये बैलेंस है इतना बैलेंस मेरे पास गोल्ड बैलेंस है 53.00 थ्री पॉइंट जीरो तीन हजार रुपये का आप गोल्ड बाय कर सकते हो 29 सो so, का आप गोल्ड सेल कर सकते हो बाय गिफ्ट सेल डिलीवरी, बहुत ऑप्शन है दे रहा है आपको अब बताता हूँ गोल्ड कैसे खरीद सकते हो आप सिंपली आपको क्या करना है बाय 24 कैरेट प्योर गोल्ड पे क्लिक करना है अब यहाँ दिखा रहा है इंटर अमाउंट ये आपके ऊपर है आप कितने रुपए का गोल्ड खरीदना चाहते हो मैं आपको दिखाने के लिए एक रुपये का गोल्ड खरीदता हूँ मैंने सिंपली एक रुपये डाल दिया है और ड पे क्लिक कर दिया है देखिए मुझे जी, जीरो पॉइंट ग्राम गोल्ड दे रहा है एक रुपये में ये है चार्ज लग रहा है जी एस एक रुपये अगर आप पहली बार गोल्ड खरीद रहे हो सेवा क्या करना है हेवा प्रमो कोड एंटर पे क्लिक करना है अगर आप पचास रुपये से ऊपर का गोल्ड खरीदते हो तो आपको याला कूपन अप्लाई करना है लक्की गोल्ड अगर आप फर्स्ट टाइम गोल्ड खरीद रहे हो तो न्यू गोल्ड तो मैं एक रुपये के लिए एक रुपये का खरीदता हूँ तो ये कोड अप्लाई नहीं होएगा सी देखिए ये कह रहा है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू मस्ट बी फिफ्टी रुपीज तो चलते हैं बैक पे और ये करते हैं प्रोसीड टू पे कंप्लीट हो रही है और यूज माय पे वॉलेट से भी खरीद सकते हो कि आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से जिससे चाहे आप ख़रीद सकते हो पे नाओ पे कर देना है सी ये हो चुका है पेमेंट ऑफ वन रुपीज़ रि, रिसीव बाय पे ऑर्डर नंबर ये है एक रुपये ये गोल्ड सक्सेसफुली मैंने खरीद चुका हूँ चौबीस कैरेट गोल्ड तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जरिया है गोल्ड ख़रीदने का जैसे आपको कैशबैक होता है रिसीव तो आप गोल्ड खरीद सकते हो और साइड इनकम मतलब साइड सेविंग हो सकती है एक तरह की कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप ये वो विद्रॉल कर सकते हो जैसे सेल पे जाके सीधा आपको अमाउंट डालना है सीधा यहाँ से सेल पे सेल करना है सेल पे जाके जितने का भी आपको गोल्ड आपके पास अवेलेबल है खरीद सेल कर सकते हो सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होएगा, बस सिंपली करना है ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ट्रांजैक्शन मैंने कितने कितने का गोल्ड खरीद रखा है देखो अभी सामने मैंने अभी चौबीस को एक का गोल्ड खरीदा दस रुपये का गोल्ड ख़रीदा जैसे मुझे कैशबैक बैक रिसीव होता है किसी से भी मैं गोल्ड ख़रीद लेता हूं, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है अपनी एक तरह की सेविंग करने का देखो मैंने सोल्ड भी किया है हाँ तीन हज़ार अट्ठाईस सौ रुपये का मैंने सोल्ड किया था सीधा मेरे बैंक में पैसा पहुंच गया था और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बहुत ही आसान है और एक तरह से आपकी सेविंग भी है अगर आपको चाहिए गोल्ड घर में मंगवाना तो डिलीवरी कर सकते हो गेट डिलीवरी जो आपने गोल्ड खरीद रहा है विद इन ट्वेंटी फोर एट आवर्स में ये गो, गोल्ड आपके घर में डिलीवरी हो जाएगा कुछ भी चूज़ करते हो बहुत ही अच्छी स्क्रीम निकाल रखी है पेटीएम वालों ने जैसी तो मैं जैसे आपको किसी से कैशबैक होता है एक रुपये का दो रुपये का अपने बजट के हिसाब से आप गोल्ड पर इन्वेस्ट करें हो। और आपका जब मन करें गोल्ड बेच सकते हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ तो वहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड सी यू बाय बाय